ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है बोलेटिन आगे बढ़ते हैं यूपी के गोडा में कल शनिवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे जहां पर रक्षा मंत्री के भाषण के दौरान शुरू कर दिया और रक्षा मंत्री से आर्मी भर्ती निकालने की मांग करने लगे हालांकि वहां पर मौजूद स्थानीय सांसद ने युवाओं को शांत कराया वहीं युवाओं की मांग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी युवाओं को आर्मी भर्ती निकालने का आश्वासन दिया तब जाकर युवा शांत हो गए तो खबर है जहां पर युवाओं ने हंगामा किया है आर्मी की भर्ती को लेकर युवा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निवेदन किया ये हमारे यहाँ कहावत है कि जिसका जैसा चश्मा होता है उसको वैसे ही दिखता है तो भाजपा के विरोधियों को इसमें आक्रोश दिखाई देगा और भाजपा के जो प्रेमी है उसको इसमें निवेदन दिखाई देगा तो आप लोग अपने अपने नजरिए से इस खबर का आकलन कर सकते हैं क्योंकि रैली में पहुंचकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया ऐसी खबर सामने आ रही है और आर्मी में भर्ती निकालने की मांग की हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय वर्मा जी जुड़ गए हैं बहुत स्वागत है संजय वर्मा जी अः ये बताए की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में हंगामे की खबर सामने आ रही है क्या कुछ ये पूरा मामला है और कैसे इसको कंट्रोल किया संजय वर्मा जी बताना चाहेंगे कि जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हेलीकॉप्टर जो है परिसर में उतरा वैसे ही युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला उन्होंने आर्मी भर्ती को लेकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि इस सरकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी जिसके उपरांत वहां के क्षेत्रीय सांसद माननीय कृष्णवर्धन सिंह जी खड़े होकर युवाओं को शांत करे और इसके बाद आगे का जो है कार्यक्रम उनका चल सका तो सभा सही तरीके से संपन्न हो गई या सभा में कुछ विघ्न आया सभा में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया लेकिन यह है कि बेरोजगारी को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाने से पहले काफी दावे करते थे एक करोड़ रोजगार देने को लेके इन्हीं सब बातों के ले, को लेकर युवा काफी आक्रोश दिखे उनका सवाल था उनका कहना था की सरकार आखिर रोजगार दे किसको रही है गोंडा जनपद में कितने रोजगार मिले हैं इन्ही सब सवालों को लेके युवा काफी आक्रोशित थे लेकिन वर्मा जी ये कहा गया है की रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है उनको कि आर्मी की जल्द आएगी। कितना जी रक्षा अच्छा मंत्री जी ने आश्वासन जरूर दिया है लेकिन युवाओं का कहना है की जब सरकार पांच सालों में कुछ नहीं कर पाई तो आने वाले समय में सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी इस पर हम किस प्रकार से भरोसा करें किस प्रकार किस किस प्रकार से उम्मीद लगाए हम युवाओं के बीच खासा उत्साह नजर आ रहा है और कई जगह ऐसी भी भी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर तमाम बड़े नेताओं को विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है और इसी की गोंडा में संजय वर्मा वहां पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि हंगामा हो गया कल इसके बाद रक्षा राजनाथ सिंह की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है लेकिन युवा जो है वो अपनी नौकरी को लेकर अपने करियर रोजगार को लेकर बहुत ही ज्यादा निश्चिंत महसूस नहीं कर रहे हैं बहरहाल बहुत शुक्रिया संजय वर्मा जी आपका इस अहम जानकारी के लिए आप इस पूरे वाक्य पर नजर बनाए रखेगा